ध्रुव की आवाज जंगल के उस इलाके में गूंज उठी जिसे सुनकर आसपास मौजूद सभी नए स्टूडेंट्स के दिलों में खून उबलने लगा इसके साथ ही वो सभी लोग शतंज के खिलाड़ियों से मुकाबला करने के लिए तैयार थे इस वक्त सभी के दिलों में एक ऐसी आग जल रही थी जिससे उन्हें इस बात की फिक्र भी नहीं थी कि वो मुकाबला जीतेंगे या फिर हारेंगे वो लोग तो सिर्फ अपनी जीत और कोशिश करना चाहते थे सीनियर्स को टक्कर देने की वो लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे इस कॉम्पिटिशन में कोई किसी को जान से नहीं मार सकता था ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो बुरी तरह पिटकर जमीन पर गिरे होंगे इस ख्याल के जहन में चलते हुए पंद्रह नए स्टूडेंट्स जो फिलहाल काफी थके हुए दिख रहे थे इस वक्त भद्रा की तरफ देखे जा रहे थे उनके दिल में डर का कोई नामो निशान नहीं था जिसे देखकर भद्रा की आंखों में हल्की हैरानी नजर आने लगी क्या बात है ध्रुव तेरे अंदर जिगरा तो है लेकिन अब जो की तुम लोग मुकाबला करने के लिए तैयार हो ही तो देखते है की आखिर तुम लोगों में दम कितना है वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारे इस बैच में अंदरूनी हिस्से को हिला कर रख दिया है ये कहकर भद्रा ध्रुव की आंखों को देखने लगा जिसमें जीत हासिल करने का जज्बा साफ छलक रहा था वैसे तो वो जानता था कि ध्रुव जरूर ताकत पर होगा लेकिन अंदरूनी हिस्से में मुकाबला कर करके भद्रा भी काफी तजुर्बेदार हो चुका था मगर देखा जाए तो आज जो ईशान ने किया था उसे देखकर खुद भद्रा भी काफी चिड़ गया था लेकिन उसने ये बात किसी से नहीं कही फिर जैसे ही भद्रा की बातें उस इलाके में गूंजी तो अगले ही पल पांचों सीनियर्स के शरीर से ढेर सारी शक्तियां बाहर निकलने लगी जिसमें पूरा इलाका ढकने लगा वही उन शक्तियों को देखकर अचानक से नए स्टूडेंट्स के दिलों में हल्की फिक्र भरने लगी इतने में ध्रुव ने गहरी सांस लेकर अपनी नजर सामने अपने साथियों की तरफ करते हुए कहा सभी लोग अपना ध्यान रखना भद्रा को मैं संभालता हूँ ये सुनते ही रा के चेहरे पर हल्की फिक्र झलकने लगी जिसके साथ उसने एक कदम आगे आते हुए कहा लेकिन ध्रुव भद्रा तकरीबन दोक हासिल कर चुका है जरा उसकी शक्तियां तो देखो मुझे लगता है कि अगर तुम उससे मुकाबला करोगे तो तुम्हारे लिए उसकी फिक्र साफ समझ आ रही थी वो जानती थी कि खास तकनीक के इस्तेमाल से ध्रुव के शरीर पर क्या असर पड़ता था और अगर फाइनल एग्जाम के दिन ध्रुव की शक्तियाँ एक सितारे से नहीं बड़ी होती तो शायद उसे खास तकनीक के असर से ठीक होने में महीना भर भी लग सकता था इरा की फिक्र भरी आवाज सुनकर ध्रुव ने अपना हाथ बाकी चीजों को इस्तेमाल करूंगा ध्रुव जानता था कि रहस्य में स्काई फायर तकनीक उसकी शक्तियों को कुछ वक्त के लिए बढ़ा देती मगर उसे इससे जितना फायदा होता शायद उससे ज्यादा नुकसान हो जाता यही सोचकर उसने अपने शरीर को संभालने का फैसला किया लेकिन ध्रुव की बात सुनकर इरा की परेशानी कम नहीं हुई और उसने ध्रुव से आगे कहा चाहे जो हो तो इरा पलट कर सामने खड़े पांचों सीनियर्स को गौर से देखने लगी ऐसा करते हुए उसने धीमी आवाज में कहा लीजा और बिजौरा अपने मुकाबलों से थक चुके हैं इसलिए मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक एक सीनियर्स को ही संभाल पाएंगे और तो और ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस मुकाबले में जीतेगा कौन चलो मैं भी एक सीनियर को संभाल लूंगी मगर उनके पास अभी भी एक सीनियर है। ये सुनते हुए लीजा और बिजोरा मजबूरी में अपना सिरे की बात में कड़वा सच था इतने में लीजा ने आ भरते हुए ध्रुव और इरा से कहा मैं तो फिर भी थोड़ी बेहतर हूँ लेकिन बिजौरा तो बहुत ज्यादा थका हुआ है तो के साथ मुकाबला करने में उसकी बहुत सी शक्तियां खत्म हो गई है वैसे तो ध्रुव की दवा ने उसकी थोड़ी मदद की है मगर इतने कम वक्त में पहले जैसी ताकत हासिल करना नामुमकिन है इस बार तो वाकई हम मुश्किल में पड़ सकते हैं तो है। माना की मैं थोड़ा थका हुआ तो हूँ लेकिन इस थकान में भी मैं किसी सीनियर को दस से पंद्रह मिनट तक तो संभाल ही सकता हूँ और मुझे लगता है की जैसे हालात दिख रहे हैं उसके हिसाब से बाकी बचे नए स्टूडेंट्स को पांचवें सीनियर से मुकाबला करना होगा वही बिजौरा की बात सुनकर नए स्टूडेंट्स में से एक ने आगे आते हुए कहा तुम लोग इतने परेशान मत देखो वैसे तो हम लोगों के पास ज्यादा शक्तियां नहीं बची हुई हैं। मगर हमारी तादाद ज्यादा है वो सीनियर हमें कम वक्त में तो खत्म नहीं कर पाएगा रही बात ध्रुव या बाकी लोगों की तो जैसे तुम लोग अपना मुकाबला खत्म करोगे तो हमें इस मुकाबले में बहुत फायदा हो जाएगा अपने बीच में से एक स्टूडेंट को इस जज्बे के साथ आगे आता हुआ देख कुछ और नए स्टूडेंट भी उसके साथ आकर खड़े हो गए और उन्होंने ध्रुव और उसके साथियों को देख कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा हम कुछ वक्त के लिए सीनियर को रोक सकते हैं मगर मुकाबला जीतेगा कौन इसका फैसला ध्रुव और बाकी तीनों के हाथ में ही रहेगा क्योंकि जिस तरह हमारे हाल हो रखे उससे हमें नहीं लगता कि हम किसी पांच या छह सितारों वाले महादक्ष को रोकने में कामयाब होंगे नए स्टूडेंट्स की बात सुनकर ध्रुव ने भी अपना सर लाते हुए हामी भरी फिर उसने मुस्कुरा सभी से कहा अब जो की तुम लोग सब कुछ जानते ही हो इसलिए मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए होगी सीनियर्स को रोक कर रखने में अगर तुम लोग उसे रोकने में कामयाब होते हो तो हम लोग जी जान लगाकर अपने दुश्मनों को मुकाबले में हरा सकते हैं और एक बार अगर ऐसा हुआ फिर हम तुम्हारा हाथ बांटने के लिए तैयार रहेंगे ध्रुव जो आठ या नौ सितारों वाले दक्ष थे एक झटके में अपने शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकालने लगे इसके साथ ही सभी ने ध्रुव की तरफ देख कर कहा ध्रुव हमें तुम पर पूरा भरोसा है यलगार हो ये सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी आंखों से नए स्टूडेंट्स के नुनून को महसूस करने लगा इस नजारे को देखकर ध्रुव ने तुरंत अपनी काली तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की और फिर उसने एक नजरेरा और बाकी दोनों की तरफ देखा उसके अगले ही पल वो चारों तेज रफ्तार में सीनियर पर हमला करने के लिए आगे बढ़े इस दौरान शतरंज के खिलाड़ियों की बैट टीम ने भी देखा की ध्रुव और बाकी तीनों उन्हीं की तरफ बढ़ने लगे थे ये देखकर भद्रा ने अपना हाथ लहराया और अपने साथियों को समझाते हुए कहा इस लड़के ध्रुव को मैं संभाल लूंगा चारों ने रजामंदी दिखाते हुए अपने शरीर से निकलती शक्तियां बढ़ानी शुरू की उसके अगले ही पलों में वो पांचों सीनियर्स काले रंग की परछाइयों में बदलकर हमला करने लगे उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी की वो ध्रुव और बाकी लोगों के सामने पलक झपकते ही आ गए वही जो सीनियर ज्यादा था वो सीधे नए स्टूडेंट्स की तरफ हमला करने के लिए गया इस दौरान जंगल के उस इलाके में अलग अलग रंगों की ताकतवर शक्तियां हर तरफ फैलती हुई दिखाई दे रही थीं। तभी अचानक ध्रुव ने अपना पैर जमीन पर पटकते हुए खुद को आगे बढ़ने से रोका ऐसा करते ही उसने गौर से भद्रा की तरफ देखा जो उसके ठीक सामने पहुंच गया था भद्रा का कद लंबा और चौड़ा था और उससे निकलती ढेर सारी शक्ति किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी थी मगर फिलहाल उसके सामने ध्रुव था जिसने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए थे इसके बावजूद ध्रुव के चेहरे पर हल्की फिक्र थी क्योंकि वो भी जानता था कि ताकत के मामले में भद्रा भद्रावर था इतने में भद्रा ने की तरफ उससे मुकाबला चाहे मुकाबले का नतीजा कुछ भी हो मैं तुम्हें निकम्मा तो बिल्कुल नहीं समझने वाला तुम्हारी काबिलियत और हिम्मत की वजह से तुम तो अंदरूनी हिस्से में आराम से आग शक्ति कमा सकते हो इतना कहते ही भद्रा के शरीर से निकलती सुनहरे रंग की शक्ति उसे पूरी तरह से ढकने लगी और अगले ही पल ऐसा दिखने लगा जैसे कि वो लोहे से बना कोई इंसान हो वहीं उसकी सुनहरी रंग की शक्तियों को देखकर ध्रुव ने हैरत में पड़ते हुए कहा सुनहरी शक्तियां इस लड़के के पास ये शक्ति कहां से आई दरअसल ध्रुव जानता था कि सुनहरे रंग की शक्तियां काफी ज्यादा खास और अनोखी होती थीं इतना ही नहीं इस रंग की शक्तियों की हमला करने की काबिलियत और हमला सहने की काबिलियत काफी ज्यादा मजबूत थी इससे एक बात तो ध्रुव अच्छी तरह से समझ गया था कि यह मुकाबला उसकी उम्मीद से ज्यादा मुश्किल होने वाला था गौर करने वाली बात यह थी कि भद्रा के हाथों में किसी तरह का हथियार भी नहीं था क्योंकि वो अपने मजबूत लोहे जैसे हाथों को ही हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था इस बात से ध्रुव थोड़ा परेशान तो थो था ही मगर उसे थोड़ा अच्छा भी लगा कि कम से कम उसका लड़ने का तजुर्बा तो यहाँ काम आने वाला था यही सोचकर ध्रुव ने तुरंत अपनी तलवार जमीन पर गाड़ दी और जैसी वो तलवार उसके हाथों से छूटी तो ध्रुव की दबी हुई शक्तियाँ तेज रफ्तार में उसके शरीर के हर हिस्से में फैलने लगी इसके बाद ध्रुव के शरीर को हरे रंग की शक्तियों ने घेर लिया जिसके अंदर एक बहुत ही हल्की रोशनी भी दिख रही थी वैसे वो रोशनी शक्तियों से ढकी हुई थी जिस वजह से उसे आसानी से देखना काफी मुश्किल था वहीं ध्रुव के शरीर से इस कदर शक्ति बाहर आते देख, हैरान होते हुए कहा तुम एक छह सितारों वाले महादक्ष तभी मैं सोचू की तुम सुहान को हराने में कामयाब कैसे हुए इस तरह की ताकत के हिसाब से तो तुम अंदरूनी हिस्से के कुछ स्टूडेंट्स जितने ताकतवर हो जो वहां साल भर से रह रहे हैं मगर सच कहूं तो इतनी शक्तियों के बावजूद मुझे हराना तुम्हारे लिए तक आ गई जिसके साथ वो की को देखने लगा। फिर अगले ही पल भद्रा के दोनों हाथ जोर से एक दूसरे से टकराए जिससे उस इलाके में लोहे के टकराने की तेज आवाज गूंज उठी लेकिन उसे ऐसा करते देख ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया मुकाबले का नतीजा तो हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक की हमारा मुकाबला खत्म न हो जाए इतना कहते ही ध्रुव ने अपना पैर जोर से जमीन पर पटका जिसके बाद वो धनुष से निकले किसी तीर की तरह तेजी से भद्रा की तरफ बढ़ा इस दौरान ध्रुव पूरी तरह से हरे रंग की शक्तियों से ढका हुआ था जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थीं। दूसरी ओर जैसे ही भद्रा ने देखा कि ध्रुव उसके पास आकर हमला करने वाला था तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई इसके साथ ही उसने अपनी बड़ी सी मुट्ठी को बंद कर अपना हाथ आगे लाते हुए सुनहरे रंग की शक्तियां उसमें इकट्ठा की उसके तुरंत बाद उसने जोरदार हमला करते हुए ध्रुव के सामने अपनी मुट्ठी अड़ा दी ताकि वो सीधे आकर उससे टकरा जाए मगर भद्रा को ऐसा करते देख ध्रुव के चेहरे पर शिकन का नामोनिशान तक नहीं था बल्कि उसे तो अपने आसपास की काफी सारी हवा भी महसूस होने लगी इस हवा को महसूस कर ध्रुव ने भी अपने हाथ में हरे रंग की शक्तियां इकट्ठा कर सीधे भद्रा के हाथों पर हमला कर दिया और जैसे ही दोनों ताकतवर योद्वाओं के हाथ एक दूसरे से टकराए तो उस इलाके में ढेर सारी धूल उठने लगी और वहां एक तेज धमाका सुनाई पड़ा मगर इस आवाज के तुरंत बाद साफ साफ दिखाई दिया कि भद्रा के मजबूत हमले की वजह से ध्रुव का हाथ पीछे होने लगा इसके बावजूद ध्रुव के चेहरे पर परेशानी नहीं दिखाई दी बल्कि उसने तो तुरंत अपना दूसरा हाथ भी सामने कर दिया, और उसे भद्रा के सीने के सामने रोक दिया। ऐसा करते ही उसके आस पास तेज हवा चलने लगी जिसके साथ उसने चिल्लाते हुए कहा फायर पाम तकनीक फायर पाम तकनीक एक ऐसी खास तकनीक थी जो ध्रुव ने दो साल पहले सीखी थी और ध्रुव की मौजूदा ताकत की वजह से इस हमले की ताकत और ज्यादा हो गई थी जिससे एक महादक्ष आसानी से जख्मी हो सकता था वही वो ताकतवर हमले से निकली शक्ति सीधे जाकर भद्रा के सीने से टकरा गई जिससे वो अचानक से झटका खाकर दो कदम पीछे हो गया इतने में भद्रा ने खुद को रोककर अपने सीने को झाड़ते हुए ध्रुव से कहा अलग अलग तरह की ताकतवर तकनीके क्या बात है ध्रुव तुम तो वाकई एक ताकतवर योद्धा हो मगर सच कहू तो तुम्हारे ये हमले मुझ पर कोई असर नहीं कर पाएंगे इसलिए मेरे साथ ऐसे हमले इस्तेमाल करना बंद करो और कुछ ऐसा करो जिससे मुझे थोड़ा मजा आए क्या तुम अपना असली रंग दिखाने के लिए तैयार हो ध्रुव भद्रा की बात सुनकर ध्रुव ने धीरे से यहां भरते हुए भद्रा के सीने को देखा जहां जरा सी भी खरोच नहीं आई थी ये देखकर ध्रुव के चेहरे की परेशानी थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई और उसने अपना सिर हिलाते हुए सीधे अपने हाथों में एक रोशनी जलानी शुरू कर दी अगली पल ध्रुव के हाथों में एक चमचमाती हरे रंग की रोशनी चलने लगी जिसे देखकर भद्रा पूरी तरह से हैरान हो गया सिर्फ इतना ही नहीं जैसे ही ध्रुव के हाथों में वो रोशनी जली तो पेड़ों के समंदर से दूर एक बड़े से पेड़ के ऊपर बैठे बुजुर्गों की आंखें भी अचानक से खुल गईं। फिर दोनों ने हैरानी भरी नजरों के साथ एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा दिव्य रोशनी इस लड़के के पास दिव्य रोशनी भी है वहीं मैदान में खड़ा भद्रा भी इस वक्त उस रोशनी को देख दंग रह गया था उसने महसूस किया था की कि जैसे वो रोशनी ध्रुव के हाथों पर जी तो एक झटके में आस की कर्माहट काफी ज्यादा बढ़ गई इस रोशनी को देखकर भद्रा के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी जिसके साथ उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए पूछा क्या तुम एक हकीम भी हो आखिर क्या होगा शतरंज के खिलाड़ी भद्रा और ध्रुव के इस दिलचस्प मुकाबले का अंजाम और क्या ध्रुव और उसके साथी ही आग शक्ति बचाने में कामयाब हो पाएंगे जानने के लिए आपको सुनते रहना होगा दिवानी नूनली आर जे के साथ सुपर यो सिर्फ पॉकेट अटेम्पर